गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स दोस्तों आज हम यहाँ बहादुरपुर में हाशिम अंसारी जी के खेत पे और मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कि हमारे जीपी बायोफर्ट के प्रोडक्ट ने कैसा काम किया है दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि इनके आलू जो कि बेल जो है बिल्कुल भी हरी है बिल्कुल अभी और पड़ोस में जहाँ पर एक केमिकल पड़ रहा था इन्हीं के पड़ोस में खेत है यहाँ पर आप देख रहे हैं भी केमिकल के द्वारा जो है आलू उगाया गया है इसमें देखिए आप इसकी बेल जो है पीली पड़ चुकी है तो हाशिम भाई क्या कहना चाहेंगे आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में जीपी पी फर्ट केमिकल दवा बढ़िया है और हमने यूज किया है अभी बढ़िया इसकी दिखा रहा है रिजल्ट और आगे पैदावार कैसी होगी वो पता लग जाएगा तो ये ये जो खेत है आपका ये आपसे पंद्रह दिन पहले बोया गया था ना हाँ पंद्रह दिन पहले लेकिन आव, ये डाउन पहले हो गया है डाउन पहले हो प, गया है पंद्रह दिन और हमारी बेल अभी बढ़िया है बढ़िया तो दोस्तों इसी तरह तो मैं फिर एक बार दोबारा इसका वीडियो बनाऊंगा आके मिलते हैं आप इसी तरीके से जीपी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहिए और आर्गेनिक खेती की तरफ आप लोग अपना ना रुझान करिए ओके बाय